पत्ता गोभी लगने वाला है शिमला मिर्ची लगने वाली है थोड़ा सा गांजर थोड़े से पींस उसको तो हम लोग कट कर लेते हैं स्लाइटली एंड फिर आपको मिलते हैं। छो मेरा बीन्स भी कट चुके हैं आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का वेजिटेबल कट के रेडी हैं ये मैंने फाइनली चॉप कैरेट किया है शिमला मिर्ची बीन्स ग्रीन चिल्ली और ये थोड़ा सा पत्ता गोभी नॉर्मल काट लिए और ये हमारा तीन पैकेट मैगी तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं आप प्रोसेस फॉलो कीजिए मैंने पैन चढ़ा लिया हुआ है और वी आर रेडी टू मेक द फूड हम लोग अभी ऐड करेंगे हम लोगों का पहले तो हम लोग फ्ले ऑन करेंगे तो ये तो जो मैगी हो मैं चाइनीस टाइप का बना रहा हूँ तो हम लोग थोड़ा तेल ऐड करेंगे अप्रॉक्स वन टी स्पून आप लोग बोल सकते हो तो लहसुन लिया है और गार्लिक लिया है अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो तो तो करने। हम लोग ने अनियन भी ऐड कर लेना है थोड़ा सा ही इसके बाद अपने सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे लाइक कैरट शिमला मिर्ची बीन्स मिर्ची हैं सारे वेजिटेबल्स हम लोग को अच्छे से ऑयल में सॉटे कर लेने का प्रोसेस लोग फ्लेम पे ही नहीं हम लोग फ्लेम हाई कर लेंगे जिससे वेजिटेबल्स जो हैं अच्छे से पक जाएं आप लोग देख रहे हो वेजिटेबल्स बहुत तो ही अच्छी अच्छी दिख रही हैं एकदम तो खिली खिली लग रही हैं लाइट लाइटली ऑन कर लिया अच्छे से पक ये तो मैंने कर दिया थोड़े सॉसेस हम लोग लो हो चुके हैं तो, तो इस टाइम पे हम लोगों को हम लोगों का सॉसेस एड करना है तो हम लोग सबसे पहले आ, सोया सॉस ऐड करेंगे टीस्पून हम लोग को डालना है थोड़ा सा रेड सॉस और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डालेंगे आई मीन तीनों की क्वांटिटी वन टीस्पून ही रहेगी और इसमें हम लोग मैगी कर रहेंगे। अच्छे को है कर नमक ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया। और हम लोग हाफ टी स्पून टोमेटो सॉस भी ऐड करेंगे और वन फोर्थ टेबलस्पून हम लोग विनीगर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हम लोगों लो को सेज़ोन ऐड करना सारे सॉसेस को हम लोग को दो मिनट शॉर्टेज करना है उसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे पानी ऐड करने का बाद हम लोग का प्रोसेस आप लोग देखिए तो इसमें 200 हंड्रेड एमएल हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं और फ्लेम हम लोग को हाई करना है एकदम ये सेज़ोन चाइनीज मैगी बनी एकदम हम लोग ने 200 हंड्रेड पानी एम एल इसमें ऐड कर दिया था इसके बाद हम लोग दो मैगी मसाला और ऐड करेंगे और इसको जब तक उबाल ना आ जाए तब हम लोग को ऐसे इसको पकाना हम लोग के मैगी के मसाले में उबाल आ चुका है अभी हम लोग सिंपली गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और मैगी क्रश करके ऐड करेंगे मैंने तीन मैगी ऐड किया टू ml वाटर और वन टी टी स्पून सारे शेजवान सोसेसोली तो स्लोली मिक्स करूंगा और ये मैगी एकदम चीजी चाइनीज टाइप का बनेगा तो इसको हम लोग दो तो मिनट चलाएंगे फिर आपको ऊपर दिखाता हूँ इसमें उबाल आ गया है। उबाल आने का बाद अभी इसको गाइस गाइस हम हम ने मिनट के लिए उबाल लिया आपने हुआ तो चीज़ी टाइप का रेडी हो हो चुका है अभी हम लोग लोग इसको सर्व करेंगे और आप लोग सेम बना सकते आपको मैं प्लेटिंग का अच्छे से दिखाता हूँ चाइनीज डिश से कम नहीं लगेगा आपको इसकी जो फ्लेमिंग आ रही है एकदम चाइनीज जैसी आ रही है ठीक है इसका मैं और अच्छा लुक देता हूं आपको अच्छे से क्लोजर देखो बहुत ही अमी है बहुत टेस्टी है गाइज आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को ठीक है थैंक यू एंड बाय